दखल न्यूज के संपादक शैफाली गुप्ता को 2022 के ऊर्जस्विता सम्मान से नवाजा गया अनुनय का उर्जस्वीता सम्मान मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल की महापौर मालती राय और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने शैफाली गुप्ता को प्रदान किया इस मौके पर लाइफटाइम टाइम उर्जस्विता सम्मान से डॉक्टर सुचित्रा बनर्जी को सम्मानित किया गया भोपाल के होटल प्रबंध संस्थान में अनुन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित महिलाओं को समर्पित उर्जस्विता सम्मान 2022 का आयोजन किया गया इस समारोह में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशिष्ट अतिथि नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और समारोह की अध्यक्ष भोपाल की महापौर मालती राय ने दखल की संपादक शेफाली गुप्ता को जस्विता सम्मान से नवाजा इस मौके पर दक्कर की संपादक शेफाली गुप्ता ने कविता के जरिए अपने विचार व्यक्त किए रोधो तो मातम छा जाए हसने का त्योहार भी मैं हूँ कभी डॉक्टर कभी लेखक कविता का छंद भी मैं ही हूँ प्रेमी की सोना बाबू हूँ मैं पापा की परी भी मैं ही हूँ किसी की पत्नी किसी की बहू अपने बच्चों की माँ भी मैं ही हूँ भाई की बहन माँ पापा की आंगन की कली भी मैं हूँ फूलों का मकरंद भी मैं हूं, जीवन का अनुबंध भी मैं हूं, हूं कहने को आधी दुनिया हूं मैं, पर मेरे हक पर क्यों इतने सवाल अपने हक के मैं आधी दुनिया से लड़ जाती हूं, आधी आबादी हूं मैं। आरंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए अनुनय के सदस्यों ने अतिथियों को पौधे देकर उनका अभिनंदन किया कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा की नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है सभी ने ऊर्जास्विता के सम्मान के लिए आयोजकों को, को बधाई दी अनुन संस्था द्वारा आज जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को सम्मान करने का जो कार्यक्रम रखा गया है मेरी अपनी ओर से समूचा आयोजन के लिए सूत्रधार माही जी को बहुत बहुत बधाई अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं को लेकर खास करके ये जो एक कार्यक्रम है बड़ा अनूठा और अच्छा कार्यक्रम भी है मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि बीस इक्कीस प्रतिभाओं को जैसा सिलेक्शन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय है महिलाएं अलग अलग वर्ग में बहुत अच्छा काम कर रही हैं निश्चित ही उन्होंने उनको चुनकर कि उनके कार्यशैली को लेकर जो उनका सम्मान किया है भोपाल की अन्य महिलाओं को भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप भी जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं निश्चित ही आप बहुत अच्छा काम कर रही होंगी और माही जी से मैं अनुरोध करूँगी कि अगले बार जब आप कार्यक्रम करें तो अनुनय संस्था के माध्यम से और महिलाओं को आज आपने यदि महिलाओं को सम्मान किया है तो अगले कार्यक्रम आपके दो सौ महिलाओं का सम्मान आप करें देखिए अनुनय संस्था द्वारा समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने वाली बहनों का सम्मान किया है मैं बधाई देता हूँ उन्होंने संस्था को और मैं उनको भी बधाई देता हूँ जो बहनें सम्मानित हुई है वो इंस्प्रेशन है वो प्रेरणा है दूसरों के लिए जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और इस प्रकार के अच्छे काम करने वालों का सम्मान करने की भावना का मैं सम्मान करता हूँ सभी को बहुत बधाई अरुणा ने अलग अलग क्षेत्रों में समाज के कल्याण के लिए काम कर रही इक्कीस महिलाओं को ऊर्जस्विता सम्मान से सम्मानित किया समारोह में ऊर्जस्विताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे इस दौरान सभी उर्जस्विताओं ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए समारोह में भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा शिवानी घोष अर्चिता पाठक डॉक्टर शिखा जैन सरिता राठौर सौम्या तिवारी मोकापति पूर्णिमा मनीषा सिंह सिसोदिया रश्मि गोलिया मधुरिमा राजपाल डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी डॉक्टर अर्चना जड़वानी महबूब जहान डॉक्टर रीनू पांडे मेघा सोनी गायत्री टेकाम नीतादीप वाजपेयी को भी उर्जस्विता सम्मान से सम्मानित किया गया माही बजनी जी जो बच्चों के बीच में काम कर रही हैं मुझे लगता है बहुत सराहनीय काम है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि जो बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे हैं या असहाय घूम रहे हैं नशे का शिकार हो रहे हैं और उन्हें चलते फिरते जब वो हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाते हैं खिड़की खटखटाते हैं अगर उन्हें हम एहसास करवाएं कि उनकी जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में उनका भविष्य भी बदल सकेंगे आज 19 दिसंबर 2022 को हमारी संस्था ने एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने बीस ऊर्जस्वताओं का सम्मान किया है जो कि अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऊर्जस्वता इसी तरीके से हर साल आयोजित होगा और जो महिलाएँ अपने कार्य में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं उन्हें हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे मुझे आज ऊर्जा ऊर्जस्विता सम्मान मिला है और जैसा मुझे पता चला है कि ये पहली बार किसी शिक्षाविद को दी जा रही है तो मुझे बड़ा गौरव गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है तो मैं शुक्रगुजार हूँ अनुन संस्थान की वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें